भोपाल में पानीपत गौरव थाना अभियान यात्रा पहुंची ये यात्रा पुणे से पानीपत की ओर जा रही है मराठों की वीरता एवं बलिदान का स्मरण कराते हुए तथा देश में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जन जागरण करने के उद्देश्य से ये पुणे से यात्रा प्रारंभ हुई है यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले प्रत्येक ग्राम में यात्रा का भव्य स्वागत एवं बड़े केंद्रों पर संवाद सभाएं आयोजित होंगी पुणे से प्रारंभ हुई यह पानीपत गौरव गाथा अभियान यात्रा 6 जनवरी 2023 से निकली है इस यात्रा में तीन राज्यों से साइकिल सवार 10 युवतियां 27 युवक तथा साठ दोपहिया वाहन चालक चल रहे हैं पंद्रह किलोमीटर की दूरी तय करके ये यात्रा चौदह जनवरी को पानीपत पहुंचेगी जहाँ राष्ट्र अभिवादन समर्पण के साथ यात्रा का समापन होगा यात्रा के संयोजक डॉक्टर संदीप महिंद ने बताया यात्रा का उद्देश्य पानीपत युद्ध का स्मरण करना है भारत के इतिहास में पानीपत के तीसरे युद्ध का बड़ा महत्व है 14 जनवरी 2023 को इस युद्ध के दो वर्ष पूरे होंगे पानीपत का युद्ध हारा हुआ दिखाई देता है लेकिन वास्तव में इस युद्ध में बड़ी जीत मिली थी इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना को विजय मिली थी किंतु मराठों के पराक्रम के कारण न तो अब्दाली दिल्ली का बादशाह बन सका न अपने किसी व्यक्ति को बादशाह बना पाया और न ही अपने करीबी नजीब को वजीर बना सका चरण पैदल 17 बंधु पुणे से पानीपत निकल गए हैं अभी उन्होंने ग्वालियर पार कर दिया है दूसरा दल साइकिल से चला 3 जनवरी जनवरी को को पानीपत पहुंचेगा तीसरा दल सत्ताईस 27 पहिया वाहन तीन चार पहिया वाहनों के आधार पर थ्री की संख्या में पानीपत दिशा में जा रहा है दर, और चौथा दल रेलवे और हवाई जहाज के रास्ते करीबन साढ़े सात सौ की संख्या में पाणीपत पहुंचेगा ये सारे पहुँचने का भाव अलग अलग रास्ते से जाते हुए अलग अलग क्षेत्रों से प्रवास करते समय उन सारे मनों में राष्ट्रीय एकता और, जगाना। और हम सब लोग विश्व विजयी है हम कभी हारे नहीं है हम जीतने वाले लोग है इससे सबके मन पुरुषार्थी मनोबल बनाने का काम करेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है